ये हम गुरु लोगों से हमने सुना है संतों से सुना है कि भगवान शंकर आदि ग्रस्त है आदि ग्रस्त है और उन्हीं से ग्रस्त जीवन का शुभारंभ हुआ और उनके जीवन में बड़ी दिव्यता इसके हम पूजन उनका हमेशा पूजन करना चाहिए जैसे हमारे घर में खुशहाली हो आनंद हो जैसे आप देखते हैं भगवान शंकर का परिवार कितना प्रेम से रहता है अरे आप लोग देखते हैं भगवान की फोटो आपने अन्य देवताओं की फोटो भी देखी सबकी अर्धांगिनी बगल में रहती है पर कहीं आपने देखा कई कई फोटो में भगवान शंकर अपना को अपने जान में बिठाते कितना प्रेम है, है। यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शंकर गले में मुंड माला धरे हुए है नागों की माला भी पहनी हुई है अरे भगवती सर्वांगी सुंदर है पर कभी उनमें लड़ाई नहीं कभी उन्हें विवाद नहीं हुआ एक दूसरों का सम्मान की भावना ऐसे चलता है अपने-अपने अपने-अपने अपने भावनाओं विचारों को अपने में सीमित जब दूसर, एक दूसरों की भावना का सम्मान करे एक दूसरों का आदर की भावना रखे जैसे भगवान शंकर ने कभी भगवती को नहीं कहा कि भगवती आप मेरे जैसे रहो और भगवान पार्वती ने भी कहीं निकाल कि आप प्रभु आप ऐसे मत बोलो दोनों बड़ी प्रेम से देखो पुत्रों की उनकी विशेषता एक का एक सड़ानन है और एक गजानन है सडानंद छह मुंह है और एक हाथी का मुंह है पर दोनों भाई प्रेम से यहां तक वाहन थी देखो उनके वाहन भगवान शंकर का बैल है और भगवती पा, पार्वती का तो शेर है शेर बैल को खा जाता है परम तो नहीं ये भाव उनके अंदर भी नहीं भगवान गणेश का वाहन मूषक राज है और भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर है मोर मूषक वहाँ मूसक को खा जाता है वहाँ भगवान के गले में सर्प है उनको खा जाता है पर कभी उनके अंदर बैर भाव नहीं होता सब एक साथ प्रेम से रहते हैं मेरे कहने का ही है कि शंकर से हमें ये शिक्षा प्राप्त हुई है कि मति मतिर भिन्ना बुद्धि अलग अलग प्रकार की हो सकती है परंतु एक के भाव से समभाव से रहकर ही गृहस्थ आश्रम चलता है इसलिए शंकर भगवान की प्रतिदिन पूजा करें शंकर भगवान की पूजा करने से हमारे अंदर एक ऐसी भावना दिव्य हो जाती है कि हम प्रेम से रखना से शिव पूजन प्रतिदिन मिष्टान्न पान हम करें और जब हमेशा पूजा होगी तो मिष्ठान पान भी मीठा सब होगा भगवान की पूजा की सामग्री आएगी घर तो में एक मिष्टान पकौड़ी झकोड़ी बनते रहेगी और आनंद आनंद सब खाते रहेगी साधु संघ और है सज्जनों बात यही लोगों साधो सततम सततम हमेशा सदैव हम साधु की संगता करें संगता की बहुत बड़ी स, बहुत बड़ी महिमा है बहुत बड़ी शास्त्रों में संगता सत्संगति कथम किम न अरे पुरुष के लिए क्या क्या नहीं देती है चलो इस में दूसरी बात चर्चा करेंगे तो इसलिए हमारा हमारा ऐसा होना चाहिए प्रनित जो धर्म है जो हमारा आश्रम है वो सद्गुणों की सेवा करते रहे उनका संसर्ग ज्यादा हो और उनका संसर्गति यही गृह शास्त्र है और यही कल्पना हमें करें तो अब आगे बने आगे जब भी हमें समय मिलेगा तो बोतरे वाला आने वाला हमारे बहुत बड़ा अच्छा पर्व है फाल्गुन मास में जो होता है महाशिवरात्रि अरे रात्रि तो कई प्रकार के होती है पर हम महाशिवरात्रि और रात्रि हमें जीवनदाय रात्रि है हमारे रोग शोक मोह को दूर करने वाली रात्रि है हमारे जीवन में शिव तत्व को जागृत करने वाली रात्रि है हम उसका अभी आप लोगों को उसकी महिमा उसकी विशेषता और क्यों शिवरात्रि मनाई जाती है क्यों उसका चार पहर की पूजा होती है उस विषय में हम अब आपको अगले कुछ दिनों में प्रस्तुत करने जा रहे हैं सुनाने जा रहे हैं आप उसे सुनिए और अब मैं यहीं पर अपड़ी बाड़ी को यहीं पर विराम देता हूं और आप सब लोगों को मेरा पुनः प्रणाम नमस्कार आप सब लोग इसी प्रकार से मुझे प्रेम और मेरा सहयोग करते रहें और धर्म में ये सहयोग प्रदान करते रहें जो भी हमारे से इस टूटी फूटी से दास से टूटी फूटी बाड़ी में जो भी विचार आप लोगों के समूह आते हैं उनका चिंतन करिए मनन करिए और अपनी वैदिक संस्कृति तरफ लौटिए देखो कितना आनंद आता है कितना आनंद मैंने कहा आनंद अवर्णनीय है और आनंद अनुभव करनी गम्य है तो आप इस परंपरा को अपने लोगों को अपने स्वयं मैंने बता मैं जब भी मेरे को समय मिलेगा आपके आ, सामने प्रस्तुत हूँगा जय श्री नारायण नारायण